गाइस फ्री फायर में इससे ज़्यादा बुरा किसी के साथ हो सकता है या मुझे नहीं पता कल मैं फ्री फायर खेल रहा था तब मेरा 99 किल हो गया था और मैं एक किल करता तो 100 किल हो जाता बट उसी टाइम पर बाकी सारे बंदे एलिमिनेट हो गए और मैं अकेला रह गया यार क्या कर सकते हैं यार बैड लक है मेरा आप अगर वीडियो देख रहे हो तो यार या सब्सक्राइब कर दो अब लोग वीडियो तो देखते हो बट सब्सक्राइब नहीं करते यार प्लीज़ सब्सक्राइब कर दो भीख मांग रहा हूँ आपसे